तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसटियाटिक्स आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है सो so, गाइस आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मुंगेर यूनिवर्सिटी यानी मुंगेर विश्वविद्यालय का जो सेक्शन 2020 सेक्शन 2020 हज़ार बीस में जो एडमिशन लिए थे उस उनका उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो आप लोगों का कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होंगे क्या उसमें लगेगा और कितना फीस लगेगा ये सारी चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे यानी कि जो 2020 में एडमिशन लिए थे ना बीए बीए हो या बीएससी या बी कॉम अगर कोई भी कोर्स आप लिए हैं तो सभी का रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर हो रहा है तो देखिए इस वीडियो जो है सारे चीज़ हम बारीकी से समझेंगे और अच्छे से हम समझाएंगे उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन सॉरी क्वालिफिकेशन नहीं यानी कि उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कब से कब तक क्या होगा रजिस्ट्रेशन और उसमें क्या क्या करना पड़ेगा क्या कवलत जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा ये सारी चीज़ इस वीडियो को जानेंगे सो so, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सो चलिए देखिए हम जो है एक पेपर कटिंग में हम आपको समझाएंगे पेपर कटिंग जो है न्यूज़ में आया हुआ है तो वहाँ हम चलिए हम आपको समझाते हैं सो यहाँ देखिए जो एक पेपर है यहाँ पर देखिए मुंगेर विश्वविद्यालय से जो है यहाँ पर कुछ नोटिस दिया गया था सो यहाँ देखिए जो पच्चीस सात दो को नोटिस दिया गया है पच्चीस तारीख को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कैंपल अलॉट आठ से 10 अगस्त के बीच विलम्ब शुल्क के साथ होगा पंजीयन ए को नामांकन नामांकन में छूट छूट मिलेगा यानी कि यहां जो देखिए छूट 7 अगस्त तक के पार्ट वन में नाम नामांकित नम, छात्रों के ऑफलाइन दस्तावेज का होगा सत्यापन और पंजीयन 7 अगस्त तक के उसके बाद चलिए आगे देखिए यहाँ पर देख लेते हैं तो इधर थोड़ा पढ़ सकते भास्कर न्यूज का है आप चाहे तो भास्कर न्यूज़ में जो है पेपर आप देख सकते हैं मुंगेर विश्वविद्यालय प्रशासन बीस, बीस सेक्शन तेईस के नामांकन छात्र छात्राओं का ऑफलाइन दस्तावेज़ सत्यापन तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि घोषित कर दिया यानी कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन होगा और यानी ऑनलाइन करके आपका जो भी रिसिप्ट जो रहेगा और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है उसका सारा यानी कि जोरेक्स कॉपी आपको कॉलेज में जमा करना होगा सो देखिए 27 से 7 अगस्त तक की होगी बीच स्नातक पार्ट वन शैक्षिक शास्त्र यानी 2020 हज़ार बीस से तेईस यानी बीस तेईस वाला जो सेक्शन वाले हैं उनका होगा उसके बाद देखिए कॉलेज में ऑफलाइन दस्तावेज़ सत्यापन करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं जबकि आठ से दस अगस्त के बीच विकल्प स... दस्तावेज सत्यापन के बाद छात्र चा छात्राओं को तीन सौ रुपया देना होगा यानी रजिस्ट्रेशन फीस जो है तीन सौ रुपये आपका लगेगा उसके बाद देखिए आगे भी आपका कुछ पैसा लगेगा तो देखिए शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा इसके बाद ही उनका रजिस्ट्रेशन होगा इसके तहत सत्ताईस से सात अगस्त के बीच छात्र चा छात्राओं को कोई विलम्ब शुल्क नहीं देना होगा जबकि इसके बाद विश्वविद्यालय छात्र चा छात्राओं को आठ से दस अगस्त के बीच दोबारा सौ रुपये बी विलम्ब शुल्क साथ रजिस्ट्रेशन करवाएगा यानी उसके बाद अगर आप करवाया तो आपको जो है सौ रुपया अलग से लग जाएगा यह सारी जो है सेक्शन दिया गया है सो पढ़ लीजिएगा है ना उसके बाद देखिए यहां पर कुछ दिया गया है कंडीशन जो भी है सात अगस्त तक के दिया गया संबंधित कॉलेज में छात्र छात्राओं का ऑफलाइन दस्तावेज होगा सत्यापन ये सारी चीज़ है अब चलिए हम देखिए मुंगेर विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन सॉरी नोटिफिकेशन भी और नोटिस भी हम दिखा देंगे जो कि हमने मुंगेर विश्वविद्यालय से नोटिस जो दीवार में चिपकाए थे उनका नोटिस हमने मंगवाया है तो सो चलिए हम नोटिस को भी आपको दिखा देता कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए और अच्छे से विश्वास हो जाए तो चलिए नोटिस देख लेते हैं सो देखिए यहाँ पर जो है मुंगेर विश्वविद्यालय का नोटिस है तो आप लोग देख सकते हैं मुंगेर विश्वविद्यालय का जो है देखिए नोटिस यहां डाला गया है नाम लिखा हुआ है यहां देखिए डेढ़ दो चौबीस सात दो हजार इक्कीस को डाला गया था नोटिस चलिए से जो हम पढ़ लेते हैं बारीकी से देख सकते हैं आप देखिए यहां जो है क्या है इट इट, इट इज नोटिस नोटिस द रजिस्ट्रेशन इज यू कोर्स बी ए बी एस सी जो भी है सत्ताईस सात दो से सात आठ दो हज़ार इक्कीस आफ्टर ऑफ लाइन भेरिफिकेशन ऑफ द डकुमेंट्स फॉर कौलेज इट दट आफ्टेरिफिकेशन टू डकुमें दि विल गो टू कौलेज लॉग इन इन दिन इन डेट इज द डकुमेंट्स आर यू नोट सॉरी आर ओके इफ द नोट वेयर इज़ द फर यानी यहां यहाँ सारी चीज़ देखिए यहां पर नोटिस में दिया गया है कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है सेक्शन 2020 हज़ार से तेईस जो है सेक्शन उसका जो है रजिस्ट्रेशन जो है 27 से स्टार्ट होगा और सात को यानी की अंतिम डेट है तो यानी कि कल जो है आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और सात अगस्त तक आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा यानी कि उसका फीस जो है तीन रखा गया है और उसके बाद इतना इतना के बिल भी डन विथ लेट फाइन यानी कि अगर आप इतना के बीच में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे अगर फिर से आपका लेट हो गया तो 8 अगस्त से 10 अगस्त के बीच यानी सात तक में आप नहीं कर पाएँ तो 8 से 10 के बीच में भी हो सकता है अगर लेट आपका हो गया तो 8 से 10 के बीच में नहीं दो दिन का टाइम देगा सौ एक्स्ट्रा फाइन लगेगा तब आपका रजिस्ट्रेशन होगा सो यहाँ पर देखिए अच्छे से लिख दिया गया है यहाँ देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर फ्लोइंग कॉलेज इन द रुपेड फैक्ट्री एट द सारी चीज ऑर्डर फॉर्म यहाँ देख सकते हैं जमुई कॉलेज सिक्स कॉलेज जो भी है यहाँ सारी चीज़ रोल से दिए गए हैं यहाँ देखिए यह जो है डी डी एस डब्ल्यूर का सिग्नेचर यहाँ देखिए यह मुंगेर विश्वविद्यालय का सिग्नेचर भी किया हुआ है सो आप सकते हैं नोटिस सो देखिए आपने यहाँ पर नोटिस तो देख ही दिया अब तो आपको यकिन हो गया और जो है आपका यही इसी यही था इस वीडियो में तो कल से आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट होगा तो आप लोग जो है जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है एक्स्ट्रा यानी कि लाइट फैन नहीं देना पड़े सो so, आज की इस वीडियो में इतना ही अगले कल का वीडियो हम देखेंगे कि मुंगेर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे अपना मोबाइल फ़ोन से तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग जो है इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा एसटिया ट्रिक्स पर तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जैसे ही वीडियो पोस्ट करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत